विश्व शांति और प्रेम स्थापित करने के लिए इस महामंत्र का जोप करते हैं भले है। जोर से हरे You got no money.